मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना ट्रेन से श्रद्धालुओं को रवाना करने पहुंचे जनप्रतिनिधियों ने अपनी मूर्खता का परिचय देते हुए चलती ट्रेन से छलांग लगा दी ये सभी नेता नेतागिरी चमका रहे थे ये भूल गए थे कि ट्रेन ने हॉर्न देकर चलने का संकेत दे दिया है जब ट्रेन चल पड़ी तो एक एक कर सब लापरवाह कूद पड़े वाक्य छतरपुर का है जहां मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत छतरपुर रेलवे स्टेशन से करीब 300 सौ तीर्थ यात्रियों का एक जत्था शिर्डी के साई बाबा के लिए रवाना हो रहा था सभी यात्री ट्रेन में बैठ गए थे मगर इन्हें जो नेता और जनप्रतिनिधि छोड़ने आए थे वे ट्रेन से उतर नहीं रहे थे बात वोटरों की थी सभी चेहरा पहचान ले इसलिए हर यात्री से मिल भी रहे थे फिर क्या ट्रेन चल पड़ी और ये सब लापरवाह नेता बिना जान की परवाह किए एक एक कर ट्रेन से कूदने लगे इन नेताओं में एक थे जिला पंचायत अध्यक्ष विद्या अग्निहोत्री दूसरे छतरपुर नगर अध्यक्ष ज्योति चौरसिया और तीसरे नौगांव नगर अध्यक्ष अनूप तिवारी एक नजर में देखा जाए तो यह हास्यास्पद वाक्य लगेगा मगर वहीं इनका दूसरा नजरिया देखें तो ये जिम्मेदार जनप्रतिनिधि चलती ट्रेन से कूद रहे हैं गनीमत रही कोई बड़ा हादसा घटित नहीं हुआ और ट्रेन के बाहर मौजूद की जमकर मजाक भी बन रही है हालांकि रेलवे के अफसर इस मामले में कन्नी काटते नजर आ रहे हैं कांग्रेस ने इस मुद्दे को हाथों हाथ ले लिया है और तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि रेलवे विभाग को ऐसे जनप्रतिनिधियों पर कार्रवाई करनी चाहिए क्योंकि अगर कोई आम नागरिक ट्रेन से कूद रहा होता तो उस पर कार्रवाई होती तो इन जनप्रतिनिधियों पर क्यों नहीं मैंने देखा दोनों महिला अध्यक्ष एक हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष विद्याग्नोत्री जी और नगरपालिका पालिका के अध्यक्ष हमारे ज्योति चौरासिया जी जो एक चलती ट्रेन से कूदी तो मुझे एक बड़ा आश्चर्य होता है की आम आदमी जब चलती ट्रेन ऐसी कूदता है या उस पर चढ़ता है तो उस पर कार्रवाई होती है और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते इन लोगों का ऐसा करना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए बिल्कुल स्टेशन मास्टर को ऐसे लोगों पर कार्रवाई करना चाहिए आम आदमी अगर चढ़ा चलती ट्रेन में कूदता तो उस पर तुरंत कार्रवाई होती तो कहीं ना कहीं ये उन पद का महत्व दिया जा रहा है कि उन लोगों को बचाया जा रहा है ऐसा हमारे ख्याल ऐसी तो नहीं होना चाहिए और स्टेशन मास्टर ऐसी मैं निवेदन करूँगा की ऐसे लोगों आरोप तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास ऐसी जुड़े मसले हर मसले का